हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उपमे की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान होता है तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लगभग 200 ग्राम सूजी उसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है पाँच सौ छः काजू इतने दो हिस्से में तोड़ लिया है थोड़ी सी भुनी हुई मूँगफली उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी साइज़ का प्याज कुछ फ्रेश कड़ी पत्ते एक मीडियम साइज़ टमाटर दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई अब सबसे सब पहले हम इस सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है हमें कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है उसके बाद हम इसके अंदर सूजी को डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग तीन से चार मिनट तक भुनेंगे साथ ही हम इसमें काजू भी डाल देंगे आप चाहे तो काजू पूरे भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने एक काजू के दो हिस्से करके डाला है ये देखिए दो से चार मिनट में ही हमारी सूजी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसी कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे ये लगभग एक बड़ा करछी भर के ऑयल डाला है मैंने इसमें ऑइल थोड़ा ज़्यादा लगता है बाकी रेसिपी की तुलना में जैसे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच राई एक चम्मच सौंफ रई और सौंफ को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये एक चम्मच उड़द की मोगर उड़द की मोगर ऊपर के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है आप इसे ज़रूर डालें उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये फ्रेश कड़ी पत्ते साथ ही हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे अब इसे एक मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये भुनी हुई मूंगफली मूंगफली आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटे हुए प्याज़ प्याज़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है सिर्फ़ हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही इन्हें भूनना है ज़्यादा भुने हुए प्याज ऊपर के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं ये देखिए हमारे प्याज सुनहरे हो चुके हैं अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये टमाटर अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर अच्छे से पकते नहीं हैं जल्दी से इसलिए हम इसे दो मिनट ढक्कर लगाकर पका लेंगे ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी से सूजी का तीन गुना पानी हमें लेना है फुल कटोरी भर के हमें हम इस इसमें डालना है क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ये देखिए मैंने तीन कटोरी फुल भर कर इसके अंदर डाल दिया है अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से एक बोहलाने देंगे ये देखिए हमारे पानी के अंदर अच्छा सा बॉईल आ चुका है अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर हमारी भुनी हुई सूजी इसके अंदर इस तरह से लहराते हुए डाल देंगे ताकि ये एकाएक नीचे चिपके ना सूजी बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगती है और बहुत जल्दी पानी भी सोख लेती है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये एक टेबल नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं इस टाइम पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है क्योंकि इस टाइम पर पानी के चीटे बहुत ज़्यादा उछलते हैं इसलिए इस टाइम पर आप कढ़ाई का लेड लगा दें ताकि आप इन चीटों से बच सकें ये देखिए पानी थोड़ा सा शांत हो चुका है हमारी सूजी ने सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है ड्राई हो चुकी है हमारी सूजी लेकिन अभी हमारा उपमा बना नहीं है सिर्फ पानी ऑब्जॉर्ब किया है अब हम इसे पाँच मिनट के लिए लेड लगा लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ये देखिए पाँच से सात मिनट हो चुके हैं हमारे उपमे को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए आप देख सकते हैं हमारा उपमा अच्छे से ड्राई हो चुका है अच्छे से पक चुका है आप चाहें तो उपमे के अंदर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं की है बहुत सारे लोग इसमें हल्दी एड नहीं करते हैं आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास नहीं था इसलिए बाकी हल्दी मैं कभी नहीं डालती उपमय में देखिए हमारा उपमा कितना परफेक्ट बना है किस तरह से बिखरा बिखरा हुआ है हमारा उपमा उपमा खास तौर पर बिना हल्दी के ही बनाया जाता है अब हमारा उपमा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है आप चाहें तो इस उपमे को आम के अचार या फिर टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं आप उपमे को सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आम के अचार का मसाला इस्प्रिंकल कर दें या फिर टोमेटो केचअप इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दें स्प्रिंकल कर दे इसके ऊपर ये देखिए जैसे मैंने किया है बाकी आपकी चॉइस है आप चाहे तो इन दोनों के बग़ैर भी इसे खा सकते हैं आपको मेरी उपमे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू